अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जिंदगी जीने का मजा देती है झलकने oh, न थोड़ा मारे मसले का हल बावली तेरे जा जिंदगी मार ना नाते दुनिया पर...